तुम्हारा रिजल्ट नहीं करता तुम तो लोग तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है पर कोशिश तो आपने बहुत करी का बता पोछो कभी तो कैरियत पूछो तुम्हारे दीवाने का हाल kud faari sa naade faari baare guna me na gun na me she har yat pocho pocho parwaza khule aur khula rahe aur pyar banae